मनुष्य के लिए शर्म निशान शर्मनाश की निशानी है जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी नौकरी वक्त व्यापार मजदूरी करते हैं भी कपड़ा मकान निर्मित बचा है अधिक संग्रह करने की जरूरत नहीं हो जाती है, है केवल संत मत करता है माया मरी न मनमरे मनमर जा आशा कृष्णा नाम ने ने था। था। था तो ये कह गया कहता है जरा सब समझो और ये भी आए कई घाट से उतरे ही कई घाट अपने अपने कर्मों से हो गए वाला ये भी आप जानते हैं कि कई विभागों में हम नौकरी करते थे पुरुष तो विभाग से भी करीब इक्कीस साल हमने जुडिशियरी न्यायालय में स्पेशल जज बने थे स्पेशल विदोते हुए इस के काम किया है प्रमोशन हुआ हम इनके लिए अभी चौदह पंद्रह वर्ष बाकी थे हम अपनी अग्नि से नहीं आए जो नाने वाले हरी लाए शरीर को तो निवृत्त माते हैं वही तो कार्य कर रहे हैं आप हरी परमा के लिए आए हैं या किसी आदमी के लिए आप नहीं आए तो आप समझ सकते हैं हम भरोध प्रसंग नहीं कर सकते और हम अंद, स्वाद अंधविश्वास घटोसला ही फैला सकते और हम किसी प्रकार के दीवा नहीं लगा सकते किसी प्रकार की ऊंचाई नहीं बोल सकते ये राष्ट्र है राष्ट्र के प्रति हम वृद्धि होनी चाहिए परिवार के प्रति हम है तो समाज के प्रति भी हम बंदी होनी चाहिए राष्ट्र के प्रति भी हम बंदी होनी चाहिए आप देखते आए रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सौम्य गांधी को भी हम कुछ करते नहीं बंद हवा लगवाते नहीं किसी दिशा से लेते नहीं और आप ये भी जानते हो हमारे यहाँ का प्रचार प्रसार करने वाला तो है अब आप स्थानों पर प्रवास करते हुए आपके मौल में यहां है तो मन बोल तो <स्थाँगा निंद दिन्दादा। स्थाँगा> तो के समझ अगर आप सत्यु आत्मा न होते सत्य प्रधान न होते तो मैं आना संभाव नहीं को जय नहीं लिया लेकिन हरी पर मतमा की प्रेरणा ब्रह्मांड में हर जगह कौन जाती है विश्व मन लेते हैं जागते, है। जागते है। हम हम हम हम जो आप देखते हैं से अब तक कोई कोई कोई साधु संत तो, तो नहीं हम नहीं नहीं तो नहीं हम नहीं बाबा वगैरह भी भी भी वाचन स्पीच देते पहली परमात्मा की रहमो कर्म है जो आपके सम्म सच्चाई के सत्य के दो शब्द आ जाते हैं दो आपके आने जाने से ही आपको लाभ होता है हानि होती है तो आप यही जानते आप ही समझ सकते है और किसी से पूछने की जरूरत आवश्यकता नहीं रह जाती है तो संत मध कहता है वेदों में शास्त्रों में पुराणों में भी आया हमने सुना है निमाया मरी मरी शरीर आशा भी कहता है। तो में भी में आया है ये कई घाट से उतरे घाट अपने अपने कर्मों से हो गए वाला समझना चाहिए जो बार बार नहीं मिलते हैं इसलिए तो संत गोस्वामी तुलसीदास लेख है कि संत कथा तुलसी के स्पष्ट कर दिया है कलयुग केवल नाम सुन सुन हो जाए भव से पारा ग्रहण करना न करना श्रीमान जी आपका था सुनोगे पियोगे मन में धारण करोगे कर्म करोगे तो जीवन में निकाल जरूर आएगा आप समझ सकते हैं आंख में कीचड़ है नाक में नक्सी है मुंह में का है अंदर मली ही मली है समझ सकते हैं फिर हम किस पर भमंड करते हैं किस पर गुमान करते हैं और बाबूजी जितना जो आपको सद ज्ञान मिला है के चलोगे तो प्राप्ति हो जाती है और सतर्क होके कहते नहीं रहती लोग क्या कहते हैं लोग तो कहते ही रहते लोग तो हैं लोगों को काम के देता है हमें तो जो मानवता से संबंधित शिक्षा मिली है जो तो सद ज्ञान पाया है उसका अनुसरण करना है अनुकरण करना है फालतू बातों में फंसने की जरूरत नहीं करती से बोलना नारायण साकार कि